गियर रीडर किन्नौर की चोटियों को आप दो मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं शिलास जो कि किन्नौर की सबसे प्रमुख चोटी है और सबसे ऊंची चोटी है सात मीटर रियो पर्जियाल 6,816 मीटर है निंजेरी छः मीटर है शिपकी 6,608 मीटर है ग्रेनाइट छः मीटर है रंगरीक छः मीटर है किन्नर कैलाश छः मीटर है जोरकानदेन छः मीटर है फारंग छः मीटर है गंगचुआ 6,640 मीटर है पिशु पाँच मीटर है गुशु 5,607 मीटर है रलडांग पाँच हज़ार मीटर है अब इससे जो एक्नी बनेगा वो तुरंत मैं आपको बता देता हूँ शिला से आपने शी शब्द अलग लेना है रियो परिजाल से रियो निजेरी से नी शिपकी से शिप ग्रेनाइट से ग्रे रंगरीक से रंग किन्नर कैलाश से किन्न जोरकानदेन से जोर फवारंग से फा नंग गंगचुआ से गंग पिशु से पी बुशु से गु रलडांग से डांग और जो आपके पास एक्म बनेगा क्रमानुसार जो कि आपने लर्न करना है शीरियो रंग किन की गंग पिगू डांग अब बात करते हैं कि किन्नौर के प्रमुख चोटियों की हाइट उसको आपने कैसे याद रखना है इसमें आप दो चीजें पहले ध्यान रख लें के इज यूज फॉर किन्नौर सेवन का मतलब सेवन थाउजेंड का मतलब सिक्स थाउजेंड का मतलब 5000 थाउजेंड है ना लेट स्टार्ट शीला की हाइट है 726 मीटर इसमें से हमने जो लिया है शी 26. सिक्स रियो परजियाल की हाइट है 6816 मीटर इसमें से रियो आठ लिया है किंजेरी की हाइट 6640 मीटर है इसमें से नी 6640 लिया है शिपकी की हाइट जो है हमारे पास छ मीटर है इसमें से शिप छः लिया है ग्रेनाइट की हाइट जो है छः मीटर है इसमें से ग्रेप पाँच लिया गया है रंगरेग की हाइट जो है छः मीटर है इसमें से रंग पाँच लिया गया है कैलाश किन्नर कैलाश की हाइट जो है 6500 है इसमें से किन 500 लिया है जोरकांदेन की हाइट जो है 6473 मीटर है इसमें से जोर 473 लिया गया है रंग की हाइट जो है 6350 मीटर है इसमें से फह तीन मीटर लिया गया है गंगचुवा की हाइट जो है छः मीटर है इसमें से गंग दो मीटर लिया गया है पिशु की हाइट जो है पाँच मीटर है इसमें से पी छः लिया गया है गुशु की हाइट जो है 5,607 मीटर है इसमें से गुशु 607 लिया गया है रल की हाइट जो है वो 5,499 मीटर है इसमें से डांग 499 सौ लिया गया है अब जो हमारे पास एकम बनता है क्विकली आप उसको लिख लें लर्न कर लें और रिवाइज़ कर लें के इज इक्ल टू सेवन शी ट्वेंटी सिक्स सात हजार छब्बीस शिला की हाइट है सिक्स रियो आठ सौ सोलह रियो प्रजयाल की हाइट छ हजार आठ सौ सोलह है निंजेरी छ सौ छियालीस इसकी हाइट जो है वो छो है शिफ्ट छ सौ आठ का मतलब है छ हजार छ सौ आठ है ग्रे छ सौ पिचासी का मतलब है छ हजार छ सौ पचासी है रंग पांच सौ तिरपन का मतलब है रंगरी की हाइट छह हजार है किन 500 का मतलब है किन्नर कैलाश की हाइट 6500 हज़ार है जोर चार सौ का मतलब है जोर फोहा छः हज़ार मीटर है रंग फुआ की हाइट जो है वो 6350 मीटर है और गंग दो का मतलब है कि गंग चुहा की हाइट छः मीटर है अब 5 पी छः सौ का मतलब है कि आपके पास पिशु की हाइट पाँच हज़ार है गुशु 607 का मतलब है पाँच मीटर है और रलडांग डांग चार सौ का मतलब है रल डांग की हाइट 5,499 मीटर है